हम गांव वाले तुम शहर वाले चलो एक मुलाकात फिर से करके देख लेते गाँव हम गांव वाले तुम शहर वाले चलो एक मुलाकात फिर से करके देख लेते हैं तुम ओका देख कर बात करते हो हम बात करके होकर देख लेते हैं